नमस्कार मैं और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों को दी समझाइश और बनवाए चालान एसपी और कलेक्टर उत्तरी सड़कों पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए राजस्थान कलेक्टर उमा शंकर भार्गव एसपी मोनिका शुक्ला और एस डी लक्ष्मीकांत खरे उतरे सड़कों आरोप और लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों को दी समझाइश और बनवाए चालान वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए रायसेन में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव मोनिका शुक्ला एसटीएम लक्ष्मीकांत खरे तहसीलदार अजय पटेल थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू सीएमओ आरडी शर्मा सहित सब इंजीनियर प्रमोद कुमार साह को सड़कों पर और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सलाह बे वही बेवजह घूमने वालों के कलेक्टर और एस ने बनवाया चला और गलियों में घूम रहे लोगों को लगाई फटकार और लॉकडाउन में बिना कारण घर से निकले लोगों को समझाइश दी आपको बता दें कि रायसेन में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए पाँच दिन का लॉकडाउन लगाया गया है इसमें आम जनता घर ऐसी बेवजह निकले यह देखने के लिए कलेक्टर और एस सहित एस लक्ष्मीकांत खरे सड़कों आरोप घूमते नजर आये भारत लाइन न्यूज के लिए रायसेन ऐसी रूपेश मेहरा की रिपोर्ट खबरों में बस इतना ही बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत लाइव न्यूज के साथ नमस्कार